कि कोई चीज अगर तुम पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती